जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ पर किसी की मजबूरी का नहीं अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है हो दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो कोई डूटे तो उसे मनाना सीखो रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी एक खुली किताब है जिंदगी जिंदगी जरा सही ऐसी जी तो देखो एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी जिंदगी में किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो कि धोखा मनुष्य नहीं देता बल्कि उनकी वो उम्मीदें धोखा दे